हेलो फ्रेंड्स एक फ़ोटो से उसके बारे में हम कैसे जानेंगे तो चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे जो हमारा ब्राउजर है उसके बाद आप यहाँ थ्री डॉट है थ्री डॉट पर आपने क्लिक किया तो इस पर है डेस्कटॉप साइट आप इसको कर लीजिए क्लिक डेस्कटॉप साइट पर आके उसके बाद हम यहाँ पर सिम्पली टाइप करेंगे गूगल गूगल के हम होम पेज पर पे चले जाएँगे उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ दिखेगा इमेज इमेज पर आपने क्लिक कर लिया अब इसके बाद आपको दिखो आपको सेंट्रल टेक्सट बॉक्स में आपको कैमरे का आइकॉन दिखेगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड एंड इमेज पे जाना है वो फाइल चूज करनी है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो तो सिंपली मैंने यहाँ पर स्टीव जॉब्स की इमेज पे क्लिक कर दिया है अब आप देखेंगे यहाँ पर स्टीव जॉब्स के बारे में कई सारी चीज़ें आ रही हैं इस्टीव जॉब्स एप्पल के जो कि फाउंडर थे अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें